हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है वैज्ञानिकों ने सिंगल मास्क के अलावा डबल मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया है कोरोना वायरस इस समय हवा के साथ साथ संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से भी बड़ी ही तेजी से फैल रहा है घरों में लापरवाही बरतने अथवा मास्क न लगाने की वजह से हमारे घर में रखी वस्तुएँ भी संक्रमित हो जा रही हैं जब भी हम मास्क लगाते हैं तो मुंह और नाक से करने वाले वायरस बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमारे और हमारा घर और हमारी फैमिली बिल्कुल सुरक्षित रहती है इसके अलावा मास्क लगाने से हवा में फैल रहे कोरोना वायरस से भी हम सुरक्षित रहते हैं सर्जिकल मास्क 95 परसेंट कोरोना वायरस को रोकने में सक्षम है मास्क के साथ साथ हाथों में ग्लोव भी लगाना अनिवार्य हो गया है यदि आप मास्क के साथ साथ ग्लोव्स भी लगाते हैं तो ग्लोव्स संक्रमित वस्तुओं से आपको इन्फेक्टेड होने से बचाता है जब भी हम मास्क लगाते हैं तो मास्क चेहरे से एकदम चिपका हुआ होना चाहिए नाक और मुंह पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए मास्क लगाने के साथ साथ हमें दो गज की दूरी का भी पालन करना चाहिए मास्क उन जगहों पर लगाएँ जहाँ पर कोरोना का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है जैसे कि भीड़भाड़ वाली जगह हॉस्पिटल इसके अलावा जिम कोचिंग या हम कभी बाहर निकलते हैं उस जगह पर इसके अलावा घर में रहने पर भी हमें मास्क लगाना चाहिए जब भी हम मास्क नहीं लगाते हैं तो नाक और मुंह के जरिए कोरोनावायरस हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है और हमें संक्रमित कर देता है इस समय लाखों लोग मास्क लगा रहे हैं हम सर्जिकल मास्क एन 95 मास्क का यूज करते हैं जो हमारे लिए बहुत बेहतर परिणाम दे रहा है मास्क कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे बेहतर और मजबूत हथियार है इस समय इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि मास्क लगाइए अपना और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखिए उन्हें सुरक्षित रखिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद